उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसानों की करोड़ों रुपए की गन्ना भुगतान के लिए 24 घंटे का प्रदर्शन किया हरीश रावत ने कहा कि किसी भी तरह से किसानों का गन्ना भुगतान किया जाए नहीं तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि वो इकबालपुर शुगर मिल पर चौबीस घंटे का धरना प्रदर्शन किसानों के समर्थन में करेंगे हरीश रावत ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ मिलकर इकबालपुर शुगर मिल पर धरना दिया इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि किसानों का करोड़ों रुपए के गन्ने का भुगतान शुगर मिल से नहीं हुआ है जिस वजह से किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना है ने कहा कि हमने 24 का धरना प्रदर्शन कर ये चेतावनी दी है की जल्द से जल्द किसानों का भुगतान किया जाए नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा वही पूर्व मुख्यमंत्री ने खानपुर विधायक उमेश पर निशाना साधते हुए कहा कि वो भाजपा के दलाल है और भाजपा की ही बी टीम है गन्ना गन्ने का जो बकाया है पैसा चीनी मिल के ऊपर वो एक बड़ी राज्य की समस्या है बड़ी चुनौती है डेढ़ सौ करोड़ रुपए से ज़्यादा है और यदि एक दो साल यही स्थिति और बनी रही तो फिर इस चीनी मिल का चलना असंभव हो जाएगा और किसान का पैसा बहुत खतरे में पड़ जाएगा इसलिए आज चेतावनी देने के लिए हमने